हेलो दोस्तों वेलकम टू बैन टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में रोहित आपसे का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में मैं जानना है और उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या आ सकते हैं और हमें आगे हमारी जो हमारे जो आगे जो भविष्य में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वर्ल्ड प्रोसेसिंग की उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बाकी मैंने बताया था कि एम एस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हर मतलब किस फंक्शन से क्या चीज़ होता है और साथ साथ वो लेवल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लेवल में कौन सा चल टॉपिक या इंपॉर्टेंट है या चैप्टर इम्पॉर्टेंट है या कौन सा टैब इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे तो चलो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग जल्दी से कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं दो देश खोल सकती हूँ यहाँ मैं यहाँ लिखूँ वर्ड लिख दूँ तब भी आ जाएगा यहाँ पर क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा नहीं तो विंडो बटन विंडो के साथ आठ दबोगे तो यहाँ पे क्या रन आ जाएगा यहाँ पर क्या लिखोगे विन वर्ड ठीक है तो ये बिन वर्ड एम एस का हमारे सामने आ गया ठीक अब जैसे एम एस वर्ल्ड सामने खुल गया तो ये भाई नया वर्जन है और पुराने वर्जन में भी सारी चीज़ें सेम है बस थोड़ा सा लुक का डिफरेंस है तो दिक्कत नहीं होगी ठीक तो ये हमारे सामने एम एस खुल के आ गया तो ये जो हमारा ऊपरली पट्टी हुई जैसे माउस पॉइंटर आप ध्यान से देखिएगा इसको क्या बोलते हैं डाइटिल बार बोलते हैं ठीक ये हमारा मिनिमाइज ये हमारा मैक्समाइज और देखो री लिखा है मैंने बताया था जब इस ये दो बटन होते हैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा री हो गया इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो मैक्माइज हो गया तो इसमें दो होते हैं मैक्माइज और री और ये क्लोज बटन ठीक बाकी ये हमारा लाइसेंस इस नाम पे, है मेरे नाम पे। और ये क्या है ये इस जो ये हो फाइल होम इंसर्ट ये पूरी यहाँ से पट्टी नहीं है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिबन ठीक क्या बोलते हैं रिबन बोलते हैं ठीक और मैंने क्या बताया था क्विक एक्सेस टूल बारे में बताया तो ये देखो ये सेव है ये अंडू है ये रीडू है ठीक और क्विक एक्सेस टूल बारे में बाय डिफ़ॉल्ट तीन बटन होते हैं बाकी तुम चाहो या हम चाहें तो यहाँ पे जिसको क्लिक करोगे जैसे ईमेल क्लिक करें तो ईमेल वाला ही आ गया तो उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो देखो तीन पिटक है तीन पिटिक है तो तीन यहाँ पर शो कर रहा है ठीक फिर अंदर फाइल यहाँ पर बड़ा सा बटन होता है विंडोज वर्ल्ड दो में उसको वर्ड बटन बोलते हैं यहाँ फाइल दे दिया गया बटन हटा के बड़ा सा तो फाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो होम है होम पे तो ये सब आ गया न्यू न्यू बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो ठीक इससे नई फाइल आती है नया पेज नहीं आएगा देख रहे हो इसमें एक ही पेज और फिर न्यू क्लिक करोगे दूसरी फाइल आएगी उसमें एक पेज रहेगा यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ यानी नया डॉक्यूमेंट इंसल्ट होता है किससे न्यू कमांड से ओपन में क्लिक करोगे तो जो फाइल पहले से बनी देखो जैसे मैंने बनाया लेक्चर चार लेक्चर तीन तो जो भी आपको फाइल खोलनी खोल सकते हो सेव मान लो मैंने न्यू ले लिया अब मैंने कोई फाइल मैंने कोई फाइल बनाई कल टू मैंने ये शॉर्टकट होता है उसका यूज कर लिया करो टेस्टिंग के लिए ये लिख के आ गया ठीक अब इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से कैसे सेव करोगे पूछा समा सेव करना है तो मैं मान लो यहाँ है, मान मैं डाउनलोड सेव करना चाहता हूँ डाउनलोड जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ लिखा है ना वर्ड डॉक्यूमेंट तो यहाँ से आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो मैंने बताया था पुरानी नई चीज की नया वर्जन का जो डॉक्यूमेंट था पुराने डॉक्यूमेंट नहीं पुराने वर्जन नहीं खुलता तो इसलिए यहाँ दिया है मान लो किसी के पास पुराने वर्जन है तो इसमें आप सेव करके उसको दे दोगे ठीक बाई बाई डिफॉल्ट अगर डॉट क्या होता है डॉट डॉट डी ओ तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट जब सेव करोगे डॉट डी में ही जाके सेव हो जाएगा सेव कमांड से सेव कर सकते हो सेव एस से जो फाइल पहले सेव उसको दूसरे नाम दूसरी से दूसरी जगह सेव कर सकते हो ठीक जैसे मान लो मैं ये फाइल ये फाइल सामने दिख रही है इसको मैं सेव करता हूँ तो मैं यहाँ चाहे सेव करूँ चाहे फाइल में जाके सेव करूँ और चाहे कंट्रोल प्लस एस सेव से करूँ बात एक ही है ठीक है कंट्रोल प्लस एस अच्छा इससे तो मैं मान लू यहाँ सेव कर देता हूँ और इस फाइल का इस फाइल का देखो .docx लिखा हुआ है ये देखो ठीक अगर नहीं दिख रहा हो तो दिखाता हूँ मैं ये देखो .docx ठीक तो यहाँ पे .docx है देखो ये दिख रहा होगा अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ ठीक तो इसको मैं सेव करूंगा कैसे इसको मैं सेव करूंगा इस पर क्लिक के लोकेशन पूछ रहा कहाँ सेव करना तो मैं इसको सेव कर देता हूँ मोर लोकेशन में जा के डेस्क टॉप देखो डेस्कटॉप कहीं होगा अगर नहीं दिख रहा तो ब्राउज कर लेना ब्राउज करके मैं आ गया डेस्कटॉप पे और इसका नाम दे दिया टी ठीक चलो अभी सी फाइल को हम DOC2 नाम से D ड्राइव में सेव करते हैं फाइल में गए सेव बट सेव बटन पे क्लिक किया पहले सेव है तो अब नहीं आएगा सेव एज पे क्लिक करेंगे सेव एज पे क्लिक किया इसको मैं सब सेव करता हूँ ब्राउज करके D में ये D पे क्लिक किया यहाँ मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट टू ठीक और ये मैंने सेव कर दिया अब चेक करता हूँ ये मैंने बंद किया सब बंद कर दिया अब मैं डॉक्यूमेंट वन पे ले डेस्क टॉप पे आया यहाँ डॉक्यूमेंट वन पड़ा हुआ है ठीक ये डॉक्यूमेंट वन खुल के आया अब मान लो मैंने यहाँ इसको डिलीट कर दिया डिलीट हो गया अब मैं माई कंप्यूटर पे गया और डी डा मैं सेव किया था तो यहाँ डॉक्यूमेंट टू पड़ा हुआ इसको खोला इसका शॉर्टकट के लिखना है एफ होता है ठीक तो ये देखो सामने तुम्हारे खुल के वही सेम चीज़ है लेकिन जबकि एक कॉपी डेस्कटॉप पड़ी थी उसको डिलीट कोई कर दिया तो डॉक्यूमेंट टू से उसको रिकवर कर सकते हो तो ये फाइल्स आई थिंक सेव से समझ में आ गया होगा जो फाइल पहले सेव उसको दूसरे ना से दो जगह पे सेव किया जा सकता है प्रिंट पता ही है प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स हो गया ये हमारा क्या कहते हैं प्रिव्यू आ गई किस प्रिंटर से प्रिंट करना है वो यहाँ से आ जाएगा ठीक शेयर करना और शेयर कर सकते हो एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर सकते हो क्लोज करना क्लोज अच्छा ये सब इम्पोर्टेंट क्लोज बहुत इम्पोर्टेंट है जब क्लोज करोगे तो देखना ये फ़ाइल बंद होगी एमएस वर्ड खुला हुआ है देख रहे हो वो फाइल बंद होगी डॉक्यूमेंट हाँ बंद हो गया देखो यहाँ वर्ड का लिखा है क्योंकि डॉक्यूमेंट है ही नहीं क्योंकि क्लोज मैंने किया क्लोज और एग्जिट में ये अंतर है यहाँ से बंद करते तो एक्जिट होता है इसका मतलब कि एम एस ही बंद हो जाएगा ठीक और जब क्लोज करोगे तो एम एस खुला रहेगा और फाइल हमारी बंद होगी तो और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है लिख लेना कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एक्जिट का क्या होता है अल्ट्रा प्लस एफ फोर देखो मैंने नया फाइल लिया ये हमारी फाइल सामने खुल के आई है ठीक तो ये फाइल मेनू के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं यहीं देख देख लेंगे ये क्या है रिबन है पूरा ये जहाँ क्लिप फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल भाई तुम्हारा इंसल्ट डिजाइन ये पूरी जो पट्टी है ना यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं रिबन और रिबन पर क्या है टैप से होम टैप हर टाइप के अंदर ब्लॉक वाइज या कह लो सेक्शन वाइज क्या है कमांड बटन है इंसर्ट के अंदर कुछ और मिलेगा डिजाइन अंदर कुछ और मिलेगा लेआउट के अंदर कुछ और मिलेगा ठीक चलो और ये क्या है ये क्या है रूलर बार है ये ऑरिजेंटल रूलर बार और ये तुम्हारा वर्टिकल रूलर बार अब जो ऑरिजेंटल रोलर बार देखो यहाँ से लिख रहा है पीछे नहीं लिख सकते तुम यहाँ नहीं लिख सकते इसके लिए यहाँ तुमको ये यह क्या है ये इंडेंट मैंने डमरू बताया था इंडेंट है जिसके तुम थोड़ा मार्जिन सेट करते हो तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इंडेंट को इसको आगे अगीचे करके ये इंडेंट को इधर कर दोगे तो कर्सर देना तुम्हारा तो और इधर से आ गया और इसको यहाँ तक लिखेगा ये इसको पीछे कर दोगे तो यहाँ जहाँ तक ये इंडेंट है वहाँ तक जाएगा लिखते हुए ये देखो ऊपर नहीं जाएगा तो इसको यहाँ से ऊपर करोगे तो ऊपर होगा ठीक ये लॉक नीचे जाओगे इससे नीचे भी है तो कितनी दूरी तक पेज के लिखे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से तो यहाँ से सेट कर सकते हो ठीक चलो अब हम लोग टैब की ओर बढ़ते हैं पहला मैंने होम टैब बताया था क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेंटर अच्छा नीचे तीन और है इसके अंदर एक व्यू पहले देख लो रीड रीड मोड ठीक तो इसमें कुछ लिख देता हूँ एजल टू आर ए एन डी ये हाँ खुल गया क्या मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रीड मोड पर तो ये देखो रीड मोड पे आ आगे इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो ठीक और इसके बाहर आना है तो एडिट डॉक्यूमेंट को दोबारा जाओगे <coughs> या विंडोस वर्ड एम एस वर्ल्ड में क्लोज लिखा होता है क्लोज कर देना ठीक नीचे एक व्यू और है ये रीड मोड ये प्रिंट लेआउट व्यू और ये वेब ले आउट वेब ले आउटा ये हमारा पेज जो है जैसे uh, इंटरनेट का पेज होता है क्योंकि इंटरनेट पे पेज में जो इंटर मारते हो या नई लाइंस कोई लिखता है या तुम मार्जिन देते हो उसके लिए सब कोड लिखना पड़ता है जिसमें देखो सब एक लाइन से हो गया रनिंग मैटर में तो ये वेब लेआउट भी हुआ है ठीक है ये किसी काम का है नहीं तो इसको छोड़ते हैं चलो इस ब्यू को बंद करते हैं और सीधे यहाँ से आते हैं प्रिंट लेआउट ब्यू ठीक ये हमारा जूम है इसको कितना जूम कर सकते हो मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो पाँच सौ मिनिमम कितना कर सकते हो दस परसेंट तो ध्यान रखें ना, ना जूम लेवल कितना कर सकते हो दस परसेंट मिनिमम मैक्सिमम कितना कर सकते हो देखो नीचे देखते हैं ना पाँच सौ परसेंट ठीक नॉर्मल कितना होता है सौ तो सौ में लोग आगे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिखता रहे ठीक तो बस तो हम टाइम में पहला क्लिपबोर्ड ब्लॉक है मैंने बताया था क्लिपबोर्ड ब्लॉक <coughs> उसमें मैंने लिखा भी था बोर्ड पर कि जब भी कुछ हम लोग कट या कॉपी कर दी हमने सेलेक्ट किया चलो मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए इसको कट कर लिया तो मैंने ये बोला था कि जब भी हम लोग कोई कट या कॉपी करते तो कहाँ जाता है क्ल में जाता है तो, तो प्रूफ दो प्रूफ देना पड़ेगा तो क्लिप देखने के लिए यहाँ पे देखो ये एरो बना हुआ है यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे क्लिपबोर्ड देखो दिख रहा है खुल जाएगा ये क्लिपबोर्ड खुल गया अब देखो जो क्लिपबोर्ड में अभी मैंने क्या कट किया था वीडियो तो क्लिपबोर्ड वीडियो शो कर रहा है ठीक अब मैं यहाँ पे इंटर मारा इसको पेस्ट किया यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया वीडियो वीडियो आता तो है एक बार कट चाह नहीं पर पेस्ट कर सकते हो ना अब मैंने यहाँ से इसको मैनअली क्या कर दिया डिलीट कर दिया अब पेस्ट कमांड काम नहीं देखो नहीं कर रहा है तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ जाता है क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है क्लिपबोर्ड स्टोरेज एरिया है जहां पर कट या कॉपी की चीजें स्टोर होती है कौपी, कौपी क्या होगा ये चीज हमें दो बार ये चीज हमें हमें प्रोवाइड्स को हमें तीन बार लिखना है लेकिन हम चाहते हैं यहां भी रहे कट में क्या होता है यहाँ से हट जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे आज कॉपी पे क्लिक किया या कंट्रोल सी किया अब जहां ले जाना है वहां पे जाके क्या कर देंगे पेस्ट कमांड पर पे क्लिक करेंगे तो याता रहेगा हमें यहां लिखना है यहाँ पर लिख दोगे ठीक समझ में आया चलो तो आई थिंक समझ में आ गया और नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ठीक या व्हाट्सएप कर दीजिएगा एट थ्री वन पे फॉर्मर मैंने बताया था जब भी कोई चीज हम कट या कॉपी करते हैं सॉरी जब भी हम कोची कट कटा कॉपी करते हैं तो उसकी कॉपी डुप्लीकेट कट से क्या होता है वो मूव होता है लेकिन क्या होगा इसमें भी कॉपी होगा लेकिन क्या एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट बाई दिलेक्ट किया इसका फॉन्ट मैंने रख दिया एरियल एक बाकी दो कैलेबरीज है इसका मैंने रख दिया एरियल साइज मैंने रख दी सोलह कलर मैंने रख दिया ब्लू ठीक अब मैं चाहता हूँ इसी तरह क्या हो जाए ऑनलाइन भी इसी तरह हो जाए तो मैं प्रोवाइड्स प्रोवाइड तो सेलेक्ट करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया या कंट्रोल शिफ्ट सी किया अब किसके ऊपर करना है मैं कहाँ किसके ऊपर बोला था मैंने चलो वेन को ऊपर करना तो वेन पर मैंने सेलेक्ट कर लिया देखो जैसी प्रोवाइड्स है एरियल सोला ब्लू वैसे ही वैन है देखो एरियल सोला और ब्लू कलर दिख ही रहा होगा ठीक है तो फॉन्ट प्रंटर्स क्या होता है एक एक फॉन्ट का एक टेस्ट सेलेक्टेड टेस्ट का फॉर्मेट दूसरे सेलेक्टेड टेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा ठीक चलो अगला फॉन्ट फॉन्ट में क्या है फॉन्ट में पहला है फॉन्ट फॉन्ट मान लो मुझे चेंज करना मुझे राइटिंग नहीं पसंद है जो दूसरा फॉन्ट लगाना है तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ दे सारे फॉन्ट हैं हिंदी में लिखना है इंग्लिस में जो भी लिखना हो तो आपको जो पसंद है मुझे मान लो इम्पैक्ट पसंद है मैंने इम्पैक्ट क्लिक किया तो देखो सलेक्टेड फ़ॉन्ट क्या हुआ इम्पैक्ट में हो गया चेक कर सकते हो यहाँ जैसे क्लिक करूँ यहाँ ठीक तो ये फ़ॉन्ट में क्या होता लिस्ट ऑफ़ फ़ोन्ट होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं और या यूजर बाद में इंस्टॉल कर सकता है जो भी इसको पसंद हो फॉन्ट के हिसाब से अपना राइटिंग इस्टाइल चेंज कर सकता है चलो अब क्या साइज अच्छा कभी पूछ लेता बाय डिफॉल्ट कौन तो बाय डिफॉल्ट कैलिबरी देखो यहाँ लिखा है कैलिबरी कैलिबरी क्या एक है एक फ़ॉन्ट है वर्ल्ड पूछा बीएन में से कौन फॉन्ट का नाम है तो कैलिबरी एरियल एरियल ब्लैक टाइम्स न्यू रोमन ये सब फॉन्ट के नाम है ठीक है यार फॉन्ट के नाम है अब आते हैं फॉन्ट की साइज ठीक इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है जो दिख भी रहा होगा इससे हम लोग क्या कर सकते हैं साइज ऑफ योर टेक्स्ट अब मुझे ये पहली लाइन क्या करनी है सेलेक्ट कर लो जिस भी चीज को करना हो ये ध्यान देना उसको सेलेक्ट चोर कर लेना ठीक तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अब मुझे ये करना है बीस पॉइंट तो ये बीस पॉइंट हो गया दिख रहा बड़ा हो गया एक चीज ध्यान देना मिनिमम देख लो कितना एट मैक्सीम कितना है सेवनटी ठीक तो मिनिमम एट मैक्सीम से लिस्ट होती है बाकी तुम छः पाँच एक भी कर सकते हो एक से नीचे नहीं होगा और मैक्सिमम होता है 1638 नहीं होगा लिखो ले लिखा भी है द नंबर मस्ट बी बिटवीन वन एंड वन इसको नोट कर लो द नंबर मस्ट बी बिटवीन वन एंड वन सिक्स थ्री एट यानी वर्ल्ड में फॉन्ट की साइज मिनिमम वन होती है मैक्सिमम 1638 होती है और लिस्ट के अनुसार मिनिमम आठ होती है मैक्सिमम सेवेंटी टू होती है ठीक तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि कितना होता है अब बगल में क्या है इंक्रीज इसका इसका और लेस देन का मतलब डिक्रीज चलो अब मुझे ये लाइन में कितना डॉक्यूमेंट तक हमें जो बड़ा करना तो मैंने इंक्रीज किया तो ये 12 हुआ फिर 14 होगा, फिर 16 दो बढ़ रहा है 18, 20, अब यहाँ डिक्रीज भी क्लिक करोगे तो 18, 16, 14, 12, ठीक तो ये ध्यान देना इनक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज भी क्या होता है फॉन्ट की साइज बड़ी होती है ठीक है दो दो की रेसियो से इसके बगल में क्या है इसके बगल में चेंज केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के जैसे आप लोग ये जो लिखा हुआ है ये पूरा मैटर जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो मैंने लिखा है अभी ये, ये क्या है आपका सेंटेंस कैसे अभी कोई कह दे यार इसको पूरा कैपिटल लिखो तो क्या डिलीट करके पूरा लिखने लगोगे नहीं इसके लिए हमें क्या करना होगा बस अपर केस पे क्लिक करो सब क्या हुआ देखो कैपिटल हो गया ठीक कोई कैसे सब इसमाल लिखो लोअर तो केस हो गया सब देखो स्माल है इसमें जितना मैं सिलेक्ट किया है उस पर देखना कैपिटलाइज ईच वर्ड देखना टी कैपिटल एंड का एक जैसे पहले लिखा था तो चेंज केस के हिसाब से आप सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड टगल केस के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट केस में अपने कर सकते हो ठीक तो ये हो गया इसको ध्यान से देख लेना अब कर लेना अगर आप पास लैपटॉप हो ये क्या है भाई ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग चलो और इसमें फॉर्मेट लगा हुआ है इस ध्यान देना क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग डिलीट होगी या फॉर्मेटिंग रिमूव होगा आपका टेक्स्ट वैसे ही रहेगा चलो मैं इस पर इतना सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग हुई ना बड़ा अलग दिख रहा है सबसे तो वैसे ही मैं इस पर क्लिक किया देखो फॉर्मेटिंग हट गई सब चीज़ जैसे नॉर्मल था पहले एक तरह हो गया कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा और कंट्रोल वाई करेंगे तो चला जाएगा एक बार ध्यान देना अंडू मतलब बैक तो बैक में ऐसे था और रीडू मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड फारवर्ड कैसे था ऐसे था ठीक तो मैंने बैक कर दिया ये तो जैसे पहले तो वैसे हो गया अब मैं क्लियर और फॉर्मेटिंग जैसे क्लिक करूँगा सारी फॉर्मेटिंग हट गई सारी फॉर्मेटिंग हट गई और जैसे पहले था नॉर्मल टेक्स उसी तरह हो गया ठीक ये ध्यान देना बोर्ड से क्या होगा ये डार्क हो जाएगा इसी क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा आई से क्या होगा तिरछा होगा इसी क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा यू से क्या होगा अंडरलाइन हो जाएगा इसी क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा ए बी सी में क्लिक करोगे तो सीधी लाइन खींच जाएगी स्ट्रेट लाइन जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैं बोल रहा हूँ अगर मैं इतना करूंगा तो इसी भी लाइन खींचेगी ठीक है देखो एक्स और ए सब और सुपर इसका मतलब क्या होता है चलो टेंथ में लिखा तो इसको पहले बड़ा कर देते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं ग्रोफोन से मान लो ठीक अब मैंने टी को क्या करना ऊपर रखना है टेंथ ऊपर लिखते हैं टी ऊपर रहता। है तो ये मैं क्या करूँगा सुपर स्क्रिप्ट जैसे क्लिक किया ऊपर और सब इसके जैसे क्लिक करूँगा नीचे ठीक मुझे मान लो करना है और मान लो से कोई कहें नॉर्मल करो तो सेलेक्ट कर लो जिस, जो चीज़ लगा उसे फिर क्लिक कर दो नॉर्मल हो जाएगा ठीक है मुझे करना है एक्स टू मान लो मैथ को कोई सवाल बन रहा है 2 को नीचे रेस्ट टू करना है तो ये पावर लगाना है तो ये ठीक जितना सिलेक्ट करोगे उतना फ़ॉन्ट क्या होगा छोटा होगा उसके बॉटम में चला जाएगा सुपरस्क्रिप्ट से फॉन्ट छोटा होगा और उसके अपर में चला जाएगा एबव हो जाएगा सुपर सॉरी सब से तो ये सब और ये सॉरी ये सब और ये सुपर ठीक सुपर से ऊपर सब से नीचे ठीक तो ये हो गया और बाकी ये क्या है टेक्स्ट इफ़ेक्ट है ये नए वर्जन में आपको नहीं देखना है छोड़ो ये क्या है हाइलाइटर बहुत इम्पॉर्टेंट अब मान लो तो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है कोई चीज़ बहुत हाई है जैसे मान लो इसमें गैलरीज बहुत मुझे लग रहा है मतलब कि इस पे ध्यान जाना चाहिए लोगों का तो मैंने गैलरीज पर क्लिक किया और मैंने यह हाई पेन का कोई भी यूज कर लिया मैंने मान लो स्मार्ट आर्ट ग्राफिस का यूज कर लिया इस पर क्लिक कर दिया मुझे लग रहा है कि डिजाइन एंड कंप्लीमेंट में कुछ खास है तो मैंने ये लगा दिया ठीक तो इससे क्या कर सकते हो हाइलाइटर पेन से आप अपने वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी सिलेक्टेड टेस्ट को हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट करके दिखा सकते हो ठीक ये ध्यान देना और इसको हटाना और सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या कर दो नो no कलर हट जाएगा लेकिन आपने एक बार ध्यान दिया होगा मैंने उसमें क्लास में बढ़ा बताया भी था कि जब भी हम लोग हाइलाइटर का यूज करते हैं सिलेक्टिक टेस्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है ना ना कि टेक्स्ट का तो ये ध्यान देना इसमें, इसमें कई बार वर्ड ने पूछा भी है सिलेक्टिक टेस्ट का कलर चेंज हो जाता है तो ये गलत होगा सिलेक्टिक टेस्ट के बैकग्राउंड कलर चेंज होता है जिससे कि वो अलग दिखता है ठीक तो इसको हटाना है तो यहाँ पर नो कलर कर दो हाईलाइटर में जाके हट जाएगा उसके बगल में फॉन्ट कलर आप कोई कह दे फॉन्ट कलर चेंज करो तब ये यहाँ से होगा अब मुझे ये लाल से लिखना है तो मैंने ये लाल से लिख दिया मुझे स्मार्ट आट ग्राफिक्स में इसको नीले से लिखना है स्मार्ट ग्राफिक क्लिक किया बैकग्राउंड पीला ही रहेगा क्योंकि तो मैंने हाईलाइटर का यूज किया ये नीला कर दिया तो ये नीला हो गया ठीक तो फॉन्ट कलर से आप क्या कर सकते हो फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो और हाईलाइटर से क्या कर सकते हो फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हो जिससे कि वो अलग दिखता है ठीक है चलो तो हम लोग ने फॉन्ड ब्लॉक खत्म कर दिया अगला जो ब्लॉक है वो है पैराग्राफ ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बुलेट अब मुझे कोई चीज क्या करनी है लिस्ट वाइज लिखनी है तो लिस्ट में हमें क्या करना है हम लोग बिंदी लगाते हैं या स्टार बनाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे दिए हुए हैं तो माल मुझे ये लगाना है तो ये मैंने लिख दिया आई टी टूल दूसरे लिख दिया इंटरनेट देखो अपने से आ रहा है दिख रहा है ना आई सी टी ठीक और ये इसकी बीच की जो दूरी है आप यहाँ से मैंटेन कर सकते हो ठीक यहाँ आपको दिखा देता हूँ ये ये जो इंडेंट है ना ये क्या है बुलेट के लिए देखना और ये क्या है टेक्सट के लिए तो इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको आपको ये जो आईटी टी सब बुलेट के बीच की जो दूरी है ये बहुत ही कम है मुझे झाउट ज़्यादा करनी है तो मैंने इसको बढ़ा लिया और इसको पीछे कर लिया ठीक अब जब इंटर मारोगे देखो ठीक हटाना है इंटर मार दो हट जाएगा दूसरे बुलेट स्टाइल लिखना है दूसरा ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं दूसरा आएगा ठीक तो ये बुलेट को मतलब बुलेट को आप मैनेज भी कर सकते हो स्केल बार से रूलर में इंडेंट के माध्यम से ठीक आप कोई कह दे भाई नंबरिंग करो नंबर में करना है तुमको इस तरह नहीं करना <coughs> तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ हटा दिया नंबर में भी वैरायटी मिले आपको मिलेगी आपको वन टू थ्री में लिखना है कि वन टू थ्री इस तरह करना ब्रैकेट लगा के ए बी सी में मान लो मुझको नॉर्मल करना है थ्री फोर ठीक आप चाहते हैं फोर के बाद एट आए तो यहाँ पे फाइव पे जो जैसे राइट क्लिक करोगे रख के फाइव पे रख के राइट क्लिक करना उसमें लिखा उसमें देखो दुगड़ना होगा तुम्हें सेट नंबरिंग वैल्यू दिख रहा है सेट नंबर वैल्यू क्लिक किया मैंने क्या बोला आठ से तो मैं आठ क्लिक कर दिया वरना लिख दिया ओके कर दिया अब आठ आएगा नौ आएगा दस आएगा तो क्या नहीं मतलब आप नंबर की स्टार्टिंग को भी यह नंबर कहा से चले कहा से वो स्टार्ट हो तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो आप कोई कदम नहीं इसको पूरा ए बी सी डी हो तो ये डाइट भी कर सकते हो सिलेक्ट कर दो यहाँ पे ए बी सी डी ले लो ए बी सी डी हो गए एफ जी क्योंकि 10 है ठीक आठ है ना तो ई एफ जी ए बी सी डी एफ जी ठीक आ गया अब बहुत इम्पोर्टेंट मल्टी लेवल नंबरिंग ठीक इसको ध्यान देखना इसको मैं पहले हटा देता हूँ मल्टीपल नंबर में क्या होगा वन के अंदर जैसे आई टी टूल्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है वर्ल्ड एक्सल पॉइंट पढ़ना है तो यहाँ पर इसका इसका स्ट्रक्चर देख लो ये वन के अंदर ए लेना है मान लो कि तरह लेना है मतलब एक, एक, एक होगा तुम्हारा क्या कहते हैं बुलेट दूसरा बुलेट उसके अंदर होगा तो मान लो मैंने पहले ये ले लेता हूँ वन के अंदर मैंने लिख दिया आई टी टूल्स आई टूल्स के अंदर अब आना चाहिए लेकिन टू आ रहा है तो मैंने बताया था किसी किसी भी हेडिंग के या किसी भी मेन चीज मेन हेडिंग के अंदर आना है तो टाइप मारेंगे तो एक के अंदर मैंने लिख दिया वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट ठीक अब पावर पॉइंट अंदर स्लाइड आता है तो यहाँ स्लाइड ठीक चलो अब मुझे बाहर आना है टू लेना है इंटरनेट तो दो बार इंटर मारोगे तो इंटरनेट मतलब दूसरे दो नंबर आ जाएगा इंटर में तीन आएगा लेकिन इसके अंदर लिखना है समझ ना वैन अब मुझे आईसीटी लिखना है एक बार और इंटर मारो तो आईसीटी आज मतलब तीन नंबर आ जाएगा ठीक तो इस तरह देखो बढ़िया लेकिन इस तरह आप वो बना सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना वो इस तरह बहुत बढ़िया बनेगा ठीक तो ये हो गया मल्टी लेवल नंबरिंग चलो फिर से नया मैटर है लेते हैं आ गया अब मुझे ये क्या करना है आगे इसके देखना है ये क्या इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट ये क्या इनक्रीज तो इंडेंट में बताया ये डमरू है ये चाहे ऐसे हाथ से बढ़ा लो और चाहे इससे क्लिक कर लो इनक्रीज एक मैंने इंक्रीज अब देखो यहीं से लिखेगा ये पीछे नहीं लिखेगा पीछे लिखना है तो क्या करो डिक्रीज करो तो यहाँ डिक्रीज देखो तो कर्सर पीछे लग गया तो यानी ये जो इंडेंट है इसकी पोजीशन आगे पीछे करने के लिए हम लोग इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं ठीक चलो अगला क्या अब सोल्टिंग मैंने लिख दिया राम आभा कन्हैया निखिल और हमारे स्टूडेंट है जो बहुत हमारा सपोर्ट करती है एक ब्यूटी और कौन है हमारे स्टूडेंट राहुल है नहीं हाँ निखिल सॉरी हाँ निखिल हो गया राहुल भी है जो बहुत ही हम लोग कमेंट करके हमारा बहुत सपोर्ट करता है और स्टूडेंट कौन है नीरज है ठीक चलो इन लोगों का नाम लिख दिया मैंने आप कोई कह दे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर करो तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे पैराग्राफ है ही है पैराग्राफ है पूरा टेक्स्ट है ही है ये मेन असेंडिंग मेंसेंडिंग ऑर्डर में मैंने एक ascending क्लिक की दिया ओके कर दिया ए से आबा, बी सी ब्यूटी के से कन्हैया देखो ए बी सी डी आई जी के एल एम एन ओ अब कोई कहते डिसेंडिंग करो मतलब जेड से पहल, पहले जेड वाले पहले आए यानी जेड उल्टा डिसिक किया देखना वो राम राहुल निकल गया था ऊपर नीचो गया इस तरह आप क्या कर सकते हैं में सेट कर सकते हो थ्रू किस से Sorting से चलो अगला एग्जांपल अगला क्या है पैराग्राफ सो हाइट पैराग्राफ ये जो उल्टा क्यू बना है है ना ये सो हाइट पैराग्राफ सिंबल्स है तो जैसे क्लिक करो देखो ये जहां जहां इंटर मारे हो वहां वहां ये बन गया जहां जहां आपने स्पेस दिया वहाँ डॉट जैसे मैंने ए के बाद दो तीन स्पेस दे दिया देखो तीन चार तीन एक पहले था चार डॉट बन गया मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ टैब बटन होता है कीबोर्ड में देखना जरा टैब बटन जैसे ही मारूंगा देखो क्या बन गया एरो बन गया दो बार टैब मारूंगा दो एरो तीन बार तीन एरो चार बार यानी कि ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ स्पेस दिया गया है कितना दिया गया है कहाँ कहाँ टैप मारा गया कितना मारा गया कहाँ का एंटर मारे हो कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज की हो वो सारी सारी जानकारी आपको सिम्बल के माध्यम से यहाँ पर दिख जाती है ठीक तो सो तो पैराग्राफ से ये फंक्शन परफॉर्म करता है इसी से आएगा इसी से चाहेगा अब बहुत इम्पोर्टेंट फिर से इसको नया ले लेते हैं अलाइनमेंट अलाइनमेंट इसको बोलते हैं इसको लेफ्ट एलाइन, कंट्रोल ल, एलाइन, कंट्रोल ए कंट्रोल एल सेंटर ए कंट्रोल ई राइट लाइन कंट्रोल आर जस्टिफाई कंट्रोल जे तो अभी आप देख सब लेफ्ट से बराबर है तो ये कौन सा अलाइनमेंट लगा है लेफ्ट देखो ये हाईलाइट हो गया इसको सेंटर कर देंगे बीच बीच इसको राइट कर देंगे तो राइट आ जाएगा उधर से बराबर हो गया और जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों साइड से बराबर यहाँ से बराबर और यहाँ से बराबर और मैंने बताया था जैसे एग्जांपल आप कोई रिज्यूम मान लो कुछ बना रहे हो तो बोलो क्या करें ऐसे से करके जाते हैं ये गलत है आपको सेंटर लिखना है सेंटर पर आइए थे से लिखिए बीच का बीचों बीच ये है एग्जैक्ट ठीक आपको लेफ़्ट लिखना है लेफ़्ट क्लिक करो आप लेफ्ट लिखो आपको राइट लिखना है आप राइट पर क्लिक करो राइट पर स्पेस मारने वाला ये जो काम होता है बहुत ही बेकार होता है ठीक इससे समय की बर्बादी होती है डॉक्यूमेंट भी अच्छा नहीं बनता है कीबोर्ड भी खराब हो जाता है स्पेस खटखट कर मारोगे तो खराब भी होगा जा बात है ठीक तो लेफ्ट राइट सेंटर और चस्टीफाई इसके बाद क्या है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इसमें क्या होगा ये अब मुझे लगता है कि ये जो बीच का स्पेस है हर लाइन के ये कम है मुझे ज़्यादा करना है तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या लगा होता है 1.15 आपको टू करना है दो को टू हो गया बढ़ गया ना यहाँ पे कम करना है तो वन कर दो ये हो गया ठीक है तो यहाँ पे आप क्या सकते कर सकते हो पैराग्राफ स्पेस की लाइन कम और ज्यादा कर सकते हो ठीक उसके बाद क्या है ये शेडिंग सेडिंग में क्या होगा इसमें भी क्या होता है बैकग्राउंड कलर चेंज हो लेकिन सिलेक्टेड पैराग्राफ की मैंने इस पैराग्राफ सिलेट किया इसका बैकग्राउंड मुझे येलो करना है तो जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतने का पीछे क्या हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया ठीक सेम हाइलाइटर की तरह हाईलाइट का टेक्स जो सिलेक्टेड टेक्स्ट उसके पीछे कलर करता है और जो ये होता है ये पूरे पैराग्राफ कलर चेंज करता है पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर चेंज करता है तो सेडिंग से क्या कर सकते हो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्टेड पैराग्राफ के पीछे का कलर आप यहां से चेंज कर सकते हो ठीक एक बात ध्यान देना जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हो देखो ये टेक्स्ट का कलर भी आटोमेटिक चेंज कर रहा है आपने नीला किया तो ऑटोमेटिक वाइट कलर का हो गया ठीक तो श्रेडिंग में क्या होता है जैसे ही बैकग्राउंड कलर होता है उसी हिसाब से वो कलर एडजस्ट कर लेता है ठीक ब्लैक एंड वाइट जो भी हो अपने हिसाब से कर लेगा ये क्या है ये आपका बॉर्डर है अब मान लो मुझे इस पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर में रखना है सिंपल तो यहाँ बॉटम बॉर्डर देखो बॉटम बॉर्डर नीचे आ गया टॉप देखो टॉप बन गया लेफ्ट करोगे लेफ्ट में आ गया देखो साइड में देखते चलना राइट right देखो राइट right में बॉर्डर बन गया नो no बॉर्डर में कुछ नहीं हाल बॉर्डर कर दोगे तो हाल बॉर्डर ये बॉर्डर बन गया सिंपल कुछ भी लिखोगे इसी के अंदर आएगा ठीक ये और जैसे इंटर मारोगे नया बॉर्डर बनता जाए क्योंकि नया पैराग्राफ है ठीक और हटाना है यहाँ जाके क्लिक कर दो नो बॉर्डर सिंपल ठीक ये हो गया तो हम लोग का पैराग्राफ ब्लॉक ख़त्म अब आते हैं। हम लोग शुरू से फिर ठीक अब कोई अब हम यहाँ पे स्टाइल देते बनी बनाई स्टाइल है बनी बनाई स्टाइल है अब मुझे नहीं पता कि टाइटल का कितना बड़ा हो सकता है स्टैंडर्ड टाइटल मान लो मुझे लिखना है ये है वो लेवल नोट्स तो मैंने वो लेवल नोट्स लिख दिया अब मुझे पता नहीं है मुझे मुझे मैं, मुझे वैसे ये पता है कि ये टाइटल हमारा तो ये टाइटिल का देखो तो कोई स्टाइल बना है ये जैसे क्लिक करोगे बड़ा होगा क्योंकि टाइटल क्या होता है हमेशा बड़ा होता है हेडिंग मुझे नहीं पता तो ये हेडिंग है ये हेडिंग वन है ठीक है ये सब टाइटिल है छोटा होता है ये टाइटिल है ठीक इस पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत बहुत सारे बने बनाए देखो इस तरह आ गया इस तरह हो गया तो स्टाइल बनी बना रखी है तो आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ से लगा सकते हो मैंने ये लगाया कोई कभी नॉर्मल करो तो यहाँ नॉर्मल भी है क्लिक करो जैसे वापस पैदा उसी तरह हो जाएगा ठीक है अगर आपको खुद से अपने नाम की बनानी है तो वो भी इसमें होगा आई थिंक अप्लाई स्टाइल में जाके और स्टाइल का नाम हाँ यहीं से होगा चलो फिर बताते हैं यहाँ पे अपलाई स्टाइल नाम है वहाँ पर जाकर पुराना वर्जन आपके पास है तो वहाँ लिखा होगा सेवन सेलेक्शन फॉर न्यू क्विक स्टाइल तो उस पर क्लिक कर देना तब भी आएगा अपलाई स्टाइल जैसे क्लिक किया तो मैंने ये नॉर्मल है इसको मैंने नाम दे दिया बाइनरी ट्यू ठीक है फिर न्यू पे मैंने क्लिक किया तो देखो बाइनरी ट्यूब यहाँ पे आ गया दिख रहा है ये नहीं दिख रहा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ ये देखो बाइनी ट्यूब नाम का ये बन गया ठीक चलो अब इसमें मुझे क्या करना है इसमें हमें मुझे अपना कलर अपना फ़ोन लगाना तो यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई तो ये आ गया तो बाइनी ट्यूब में मुझे रखना है इम्पैक्ट वाला कलर इम्पैक्ट वाला स्टाइल साइज मुझे रखनी है अट्ठारह मुझे बोल्ड रखना है इटैलिक करना है और कलर मुझे करना है रेड ओके कर दिया ठीक यह नॉर्मल है अब बना के मैंने रखा है अब मुझे वही सारी चीज़ें लगानी जो मैं बाइंड टूप पे लगाया था तो ये बाइंड टूब का स्टाइल बन के रखा हुआ है जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आ गया इम्पैक्ट अट्ठारह बोल्ड इटैलिक और कलर रेड ठीक तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो अपनी स्टाइल खुद बना के लिस्ट कर सकते हो और जब चाहे तब उसका यूज कर लो नहीं, नहीं सही लग रहा है तो यहाँ से नॉर्मल कर दो नॉर्मल हो जाएगा ठीक तो ये हो गया स्टाइल अगला ब्लॉग एडिटिंग एडिटिंग में क्या है फाइंड अब मुझे फाइंड करना है कुछ ढूंढना है तो मैं तीन चार जगह अपने से दिल्ली लिख देता हूँ आप भी कहीं भी ऐसा चेक कर लीजिए कोई भी नाम लिख दीजिएगा तो देखो मैंने शायद तीन जगह दिल्ली लिखा ठीक है तो आपने भी देखा ये अगर ये तो एक पेज का है मैंने लिखा है मैं तो देख ले रहा हूँ कोई मतलब सौ पेज का होता कोई कह दिया दिल्ली और कानपुर करो तो आपको पढ़ना पड़ेगा धूंढना पड़ेगा इससे अच्छा क्या है फाइंड पे क्लिक करो ठीक ये कंट्रोल एक्ट कर दो तब भी आ गया पूछ रहा क्या फाइंड करना है तो मैं लिख दिया दिल्ली तो देखो जहां जहां दिल्ली वहां वहां क्या हो गया येलो हो गया ठीक लिख गया तुरंत कर लिया फटाक से कहाँ कहाँ दिल्ली है अब मुझे इसको चेंज करना है मुझे करना है जगह कानपुर तो यहाँ पे क्या कर देंगे देखो आ गया फाइंड में था दिल्ली रिप्लेस में क्या मैंने क्या कर दिया दिल्ली जगह नीचे देखो क्या लिख दिया कानपुर ठीक रिप्लेस ऑल करोगे रिप्लेस करोगन तो बाई वन होगा पहले यहाँ होगा यहाँ होगा ऑल कर देंगे तो पूरे में हो गया ऑल डन वी आर मेड टू रिप्लेसमेंट क्योंकि मैंने एक पहले कर दिया था क्लोज कर देखो कानपुर देखो हो गया अब फाइन पे क्लिक करो कानपुर तीन जगह था दिल्ली दे ना देखो मैंने फाइन पे क्लिक किया कानपुर लिखा तो देखो तीन जगह कानपुर है एक दो तो, तीन तो फाइन से तो आप दूर से रिप्लेस से आप क्या चेंज कर सकते हो ठीक इसे बार करके देख लेना कोई दिक्कत बताना सिलेक्ट ऑल करोगे कंट्रोल ये होता है शॉर्टकट इसका सिलेक्ट ऑल करोगे तो जो भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी पूरी तरह सेलेक्ट हो जाएंगी ये देखो ठीक पूरा सेलेक्ट हो गया आप चाहे इसको एक साथ डिलीट कर दो चाहे कट कर लो चाहे कॉपी कर लो आपके ऊपर है ठीक अगला क्या है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो मैंने पे गया और मैंने ये आइकॉन या क्या बना लेता हूँ सेप्स लगा लेता हूँ ठीक है सेप बना लिया मैंने तो सेलेक्ट में जब जाओगे तो ऑब्जेक्ट क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा फोन को फाउंड नहीं सलेक्ट होगा फाउंड नहीं सलेक्ट हो रहा है ना इस पर क्लिक करो सेक्ट हो गे. इसको होगा ये मूव कराओ छोटा बड़ा कर लो जो आपको करना हो या डिलीट मान लो जो भी करना हो ठीक है यहाँ बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग अब ये इंपॉर्टेंट है मैंने ये ये इसका क्या कर दिया इम्पैक्ट चौदाह कलर रेड ठीक अब मैं नीचे कर देता हूं ये लाइन इम्पैक्ट चौदाह रेड ठीक चलो अब मैं यहां रख दिया कर्सर देख रहे हो अब मैं यहां पे गया सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया अब आप देख रहे होगी ये सेलेक्ट है और ये फिर बाकी सब छूट गया <coughs> क्योंकि नाम में लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग जिस टेक्ट की फॉर्मेटिंग सिमिलर होगी केवल वही सेलेक्ट होगा अब एक साथ इसको जब मैं बड़ा करूँगा देखो एक साथ बड़ा होगा एक साथ छोटा होगा ठीक तो मान लो एक फॉर्मेट के कई जगह लिखी हो एक साथ को सब कट करना या इसको डिलीट करना या उसको बड़ा करना छोटा करना वो आपके ऊपर है तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हो ठीक है तो ये हुआ हम लोग का होम टैप और फाइल मेनू समाप्त अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैप के बारे में ठीक कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में ऑप्शन कमेंट करिएगा